मैं मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा आज मेरे साथ बहुत यंग वाली पेशेंट या या आप आप अपने इंट्रोडक्शन ही दो तो तो मुझे स, काम काम करना पड़ेगा का। हाँ, माय नेम इज शर्मा तो मैं सर के पास पिछले डेढ़ हफ्ते पहले आई थी बहुत ज्यादा नेक और आ, अपर बैक में shoulders में बहुत ज़्यादा पेन के साथ जो पिछले डेढ़ साल दो साल से persist कर रहा था और उसके बाद first therapy मेरी उसी दिन हुई थी और उसके बाद ही मुझे considerable एक relief feel हुआ था और अब मेरे करीब फाइव sessions हो गए हैं और फाइव sessions बाद मेरा जो डिजीनेस और headache एक होता था नेक के पेन की वजह से वो करीब फिफ्टी सिक्सटी परसेंट रिड्यूस हो गया है तो बहुत लाइट और बहुत रिलीविंग फील हो रहा है <laughs> तो थोड़ा क्यों बताना पड़ेगा। लाइफस्टाइल इश्यूज़ जैसे सबके साथ होता है कि फ़ोन यूसेज है लैपटॉप यूसेज है डेस्क टाइम बहुत ज़्यादा है बिकॉज मैं स्टूडेंट हूँ तो नेक का पोजीशन लॉन्गर आज के लिए नीचे रहता है तो उसकी वजह से कंसिस्टेंट नेक पेन शोल्डर बहुत हीवी फील होते थे और डिजीनेस होता था हेड होता था तो सर ने सजेस्ट किया कि पोस्चर कंट्रोल प्लस थे हेल्प करेगा तो अभी धीरे धीरे धीरे ग्रो कर रहा है क्या, क्या पढ़ाई कर रहे हो की तुम्हारी खराब होगी और बाकी की नहीं <laughs> <laughs> हाँ। में या में आते <laughs> yeah. तो बहुत ज्यादा एक टेंशन क्रिएट हुआ था राइट राइट सो सिर्विस Crack करें हम तो चाहेंगे कहेंगे तो चीन <laughs> हमने इसकी back take और so we owe something to you yes और uh, let's hope तो आपके mains papers कुछ हो गए या अभी uh, पढ़ रहे हैं अम्प्रिलिंस हो गया है और uh, uh, next अभी में अगर प्रिलिंस निकलता है तो वो मेंस जन में होंगे तो उसका result uh, November इसका आ जाएगा twenty five thirty days yes November okay. है okay. चलो uh, ये बड़ी चुनौती सी है बड़ी smoke है <laughs> और इसकी बैक एक्चुअली में अपर बॉडी जो अपना प्रोसेस पाइंड था पढ़ने की वजह से झुकने की वजह से बट मैं किताबों से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन आजकल जो बच्चे यूज़ करते हैं उनको ज़्यादा दिक्कत होती है कंपेयर विद बुक्स और मैं सबसे यही भूलूँगा कि आप पीडीएफ ना पढ़ें आप, आप बुक्स बाई करें डोंट सेव मनी बिकॉज वो आप, आपके हेल्थ पर बहुत इफेक्ट करता है और आई ऑलवेज इन्जॉय रीडिंग बुक्स दैन दी पी जल्दी से मैं वीडियो को शॉर्ट रखते हुए वीडियो को देखते रहिएगा और मैं एडजस्टमेंट करता हूँ okay, अगर बहुत सारे बच्चे इस लेवल तक भी नहीं पहुंचते कि वो यूपीएससी की तैयारी करें लॉ पीपल दे नो यू नो हाउ हार्ड इट इज बट If we see somebody is preparing and doing hard work, is amazing. Let me check. You see? You can see. Breathe out. Breathe out. Breathe out. Breathe out. Nice. Turn. Come. Keep breathing. Trust me. Trust me. Relax. बहुत बेटर हाँ जीजी हाँ जी the final word. Uh, would you recommend our services or? Uh, आपके साथ फिजियोथेरेपी फैली ली थी अगर आपको अपने और मुझे इतने सेशंस के बाद जेन्युइनली इतना अच्छा फील हो रहा है ड्राइविंग स्टडीिंग एवरीथिंग हैज बिकम मच इजीियर तो आई वुड हैव 100% रिकमेंड एंड विजिट सून और 6 टू 7 वाला ऑफर बताता हूं जो लोग 40% फीस हो जाता है, है। हां तो अगर आप लोगों को यू हैव टू सेव मनी देन प्लीज विजिट ड्यूरिंग 6 टू 7 पीएम एंड यू विल गेट 50% ऑफ यस एंड द डेज दैट वी that we We have enough patients in in between between to to to yes. will start at same offer between 10 to 11 also in the morning or 9 to 10, depending on our schedule. time clinic spend So thanks for watching us. ने तो आप नहीं करते तो बाबा के कहने में सब्सक्राइब जरूर thank you. Thank you.